गाइज अभी के टाइम पे प्रीफर पे टोटल 45 कैरेक्टर है और आपको कमेंट पे ये बताना है कि इनमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आप हर एक मोड पे यूज करता हो और आपको और एक चीज़ भी बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि पूरा यूजलेस है जो अगर गेम में नहीं होता फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होता तो ज़रूर से कॉमेंट कर दे